दोस्तों आज हम तीन ऐसे कमाल के एप्स एक्सप्लोर करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश काफी इनोवेटिव और फन वे में इंप्रूव कर सकते हो इस वीडियो में डिस्कस की हुई सारी इंफॉर्मेशन बिगना से लेकर हर किसी के लिए यूजफुल है सो मेक श्योर कि आप एंड तक बने रहें और इसके बाद हमारे बताए हुए सारे एप्स टिप्स एंड ट्रिक्स और कोर्स को खुद ऑब्जर्व करें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना स्टार्ट करें तो आज का ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है सो विदाउट एनी फर्दर डीले ट स्टार्ट टॉक न्यू दोस्तों स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने में हमारे साथ सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे पास कोई होता नहीं जिसके साथ हम इंग्लिश में बात कर पाए अगर कोई होता भी है तो जरूरी नहीं कि हमें ऑल द टाइम कोई मिले प्रैक्टिस के लिए एक दो लोगों के साथ आफ्टर सम टाइम टॉपिक्स भी खत्म हो जाते हैं बात करने के लिए ऑल्सो अगर हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है या कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ है तो हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली और कोलिग्स के सामने बोलने में और ये काफी कॉमन है क्योंकि किसी नई लैंग्वेज को ट्राई करना थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है सो so, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का अगर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए तो टॉक न्यू एप आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा इस ऐप पर आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो आपकी ही तरह इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप रैंडमली किसी के भी साथ कनेक्ट करके और उनसे बात करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें एक बढ़िया फीचर ये भी मिलता है कि अगर आपने किसी के साथ बात की और आपको उस कॉन्वर्जेशन में मजा आया तो आप फिर ऐसी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं टॉक न्यू में आपको किसी यूजर को एस अ फ्रेंड ऐड करने का फीचर मिलता है सो so, आप और ज्यादा उनके साथ बात करके प्रैक्टिस कर पाते हैं ये आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है आप इस ऐप पर फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं किसी से कनेक्ट करने से पहले आप जेंडर कंट्री एंड स्टेट एक्सेट्रा चूज कर सकते हैं आप ग्लोबली यहाँ लोगो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश के साथ साथ अपने नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा आप डिफरेंट रीजन एंड कल्चर के लोगो के साथ कनेक्ट करके सबके साथ बात करने में कंफर्टेबल होने लगेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हाईली इंप्रूव होगी ऑडियो कॉल और चैट की हेल्प से। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि टॉक ऐप का इंटरफेस एकदम इजी एंड है फ्री है आपको सिर्फ साइन इन करना है और कनेक्ट बटन प्रेस करना है एप से आपके लिए एक यूजर सर्च होगा और जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं आपकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगी आप फिल्टर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं या बिना फिल्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं नंबर टू डु अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है इंग्लिश लर्निंग को देने के लिए और आप रेगुलरली सिर्फ अपने इंग्लिश के बेसिक्स प्रैक्टिस करना चाहते है तो डुओलिंगो एक बढ़िया ऑप्शन है इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका फन एलिमेंट हमारे अकॉर्डिंग जितने भी एप्स हमने आपके लिए एनालाइज किए हमें ये सबसे मजेदार एप लगा है आप डेली टेन मिनट्स भी अगर इस एप पर स्पेंड करते हैं तो आप काफी मजेदार तरीके से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं यहाँ आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लेसन दिए जाते हैं इससे आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है आप धीरे धीरे नए लेवल अनलॉक करते हैं और नई चीजें सीख अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंदन करते हैं ये एक चैलेंजिंग गेम की तरह से बनाया हुआ फ्रेमवर्क है आपकी रीडिंग लिस्निंग एंड स्पीकिंग तीनों स्किल्स इंप्रूव करने के लिए एआई की मदद से टीचिंग की जाती है इससे आपका एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज्ड होता है और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग लर्निंग मिलती है साथ ही गेम्स जैसे फीचर न्यू चैलेंजेस और रिमाइंडर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन दोनों बना रहे यहाँ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं जो आपकी लर्निंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना आते हैं आप कहीं भी कभी भी फ्री टाइम में दो लिंगो आरोप जाकर क्विकली अपनी पसंद से लेसन एक्सरसाइजेस या चैलेंजेस कंप्लीट कर सकते हैं हमारा तीसरा ऐप है नंबर थ्री हेलो इंग्लिश ये एप स्पेशली इंटरमीडिएट लेवल के इंग्लिश लर्नर्स के लिए अच्छा है यहाँ आपको 400 प्लस लेसन मिलते हैं जो काफी इंटर वे में बनाए गए हैं साथ ही आपको न्यू वर्ड सीखने मिलते हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन भी डेली न्यूज के थ्रू आप नए वर्ड सीखते है जो आपको डेली लाइफ में काम आते हैं इन दोनों चीजों से आपकी वोकैबुलरी काफी अच्छी हो सकती है आपको डेली बेसिस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किए बिना नए वर्ड सीखने मिल जाएंगे इस एप में कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं, जैसे कि वर्ड गेम्स यहाँ आपको स्पीकिंग लिस्निंग एंड रीडिंग से रिलेटेड एक्सरसाइजेस मिलती है तुरंत की आपको उनके रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट के लिए टिप्स भी मिल जाएंगे इससे आप प्रैक्टिस तो कर ही पाएंगे बट ऑल्सो अपनी मिस्टेक्स को उसी वक्त समझ कर कर पाएंगे हेलो इंग्लिश पर आपको इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस भी करने का चांस मिलता है आप हेलो इंग्लिश ऐप में स्पीक फीचर यूज करके काफी सारी प्रैक्टिस कर पाएंगे इस ऐप का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके लेसन को आप कहीं भी किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट के दोस्तों आज हमने बात की तीन बेस्ट स्पोकन इंग्लिश एप्स के लिए जहाँ ऐसी आप प्राक...